baba nahi yeah. aata aishab bhi pyaar ki mamta dar mein bhai pe galtiya aur ye dil aaya okay. mamta dar mein hari saroya माने समझ की बात है था yeah टक्कर ना हो आ, तो ले होगी टक्कर, समझे? हाँ, माइटन करने। टक्कर ना ले रहें ना, पंद्रह हजार इधर रहने के लिए ना। दूर ला, रखो। ना ले। ऐसे बड़ा लाइट चलाओ, लाइट चलाने तो और है। कि टक्कर ना ले, समझे?